हेलो फ्रेंड्स पिछले एपिसोड में वीडियो में अपन ने देखा किस प्रकार एक, एक मल्टीपल टाइम फ्रेम की कैंडल्स इन्वॉल्व होती है आज हम उसी सीक्रेट्स को और ट्रेड करने को कैसे किया जाएगा उसे समझने की कोशिश करते हैं ये आज दिनांक 19 दिसंबर दो हजार बाईस की कैंडल है अब इसके अंदर सुबह सवा नौ से लेके तीन दस तक के एक मिनट की कैंडल तीन तो पिचहत्तर कैंडल्स इन्वॉल्व है कैंडल्स कैंडल्स देखेंगे, थी, अब इस पे हमें हमें ट्रेड कैसे है, इसके उसको समझना होगा, पहले हम ये मार्क कर लेते हैं ये हमारी आज की बे कैंडल और ये हमारा पांच मिट्टी चार्ट का कैंडल है ये हमारा का ऐसे चार्ट का कैंडल है तो यहां पे हमें सबसे पहले एक ओपन प्राइस मिल जाती है इसको हमने नोट कर लिया इसके बाद एक हमें पांच फिट में लो भी मिलता है और एक हाई भी मिलता है। अब इस पहली पांच फिट कैंडल के अंदर हमारा आज के दिन का ओपन प्राइस इन्वॉल्व है जो कि अनचेंजेबल है ये चेंज नहीं होगा हाई लो चेंज होंगे उसकी प्राइस हमें तीन तीस पे साइड में मिलेगी अब हमें इस पे ट्रेड कैसे हमने ओपन प्राइस मार्क कर लिए और हाई हाई भी मार्क कर अब इस ओपन और हाई और लो के ऊपर जैसे ही प्राइस क्लोज देती है या ओपन प्राइस के आसपास आसपास में आती है तो हमें यहाँ बाय करना स्टॉप लॉस लो के नीचे होगा और ओपन के नीचे ट्रेड कर रही है ओपन के पास आती है तो हाई का स्टॉप लॉस हो जाएगा और ज्यादा सेव करना इस प्राइस हाई के प्राइस के ऊपर क्लोज होने दीजिए तभी बाय बनेगी लो के नीचे क्लोज होने दीजिए पांच मिनट के अंदर तभी सेल बनेगी आप देखिए किस तरह से इसने यहाँ पे एक ब्रेक करा क्लोज दिया उसके बाद ही पूरी रिली उसने यहाँ तक दी और न तो आपका स्टॉप लॉस हो और ये ओपन प्राइस के ऊपर चलने से ये कैंडल दिनभर की एक बुलिश कैंडल कोई okay.